दोस्तों मिस्टर इंडियन है कर मतलब कि दिलराज भाई उनकी पॉपुलैरिटी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपको क्या लगता है दूसरे यूट्यूबर्स और दिलराज भाई यानी मिस्टर के यूट्यूबर्स और फैंस में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों दिलराज भाई की जिंदगी में पहली बार उनको आंसू आए उनके फैंस के इतने प्यार को देख कर खुद को रोक नहीं पाए दोस्तों जो सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता ऐसे फैंस के इतने प्यार को देख दिलराज भाई के आंसू रुक नहीं पाए दोस्तों ये दोनों फैंस पेपर पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं और दूसरे की बात को समझ सकते हैं for washing guys